हॉस्पिटल और अभी तो रुको क्लाइमेक्स अभी बाकी है अरे कहना क्या चाहते हो वाह क्या सीन है वाह क्या सीन है, क्या सीन है। ए, उठा ले रे देवा उठा ले रे बाबा है? ओ भाई मारो मुझे मारो मारो नहीं, मुझे मारो मारो नहीं, नहीं, नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है खत्म